जाने कब से था इंतजार एक ना एक दिन आना है तुमको दिल को मेरे है एतबा से तेरे सिवा कुछ और ना मांगू